दुनिया भर के सब रास्ते मैं तुझको कितना चाहता हूं। ये तू कभी सोच न सके थोड़ी सी बारिश होने लगे तेरे सामारे Inna sorna, kyun Rabb ne banaa? Inna sorna, kyun Rabb ne banaa? Inna sorna, kyun Rabb ne banaa? I know. I'm in love.